तो देखिए अभी हम लोग जा रहे थे देवसुज मंदिर घूमने तो बीच में हम लोग को बारिश आ गया तो इसके वजह से हमें यहाँ पे होल्ड करना पड़ा देखिये अभी भी, भी, भी, भी, भी, भी बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रहा जब है तो जब हम लोग यहाँ लो पे रुके और फिर देखिए गजब का देखिए गजब का देखिये हमारे मित्र लोग बहुत अभी मज़े कर रहे हैं अरे रोशन भाई हैं जो अभी जस्ट नैनीताल से घूम कर कभी तो देव का श्री मंदिर का दर्शन करवाते हैं अरे इधर बढ़िया यार जाइए अभी आप देख सकते हैं कि अभी मंदिर में बहुत ज्यादा तो नहीं है। हैं। तो बहुत पहले से छोटा हो गया है तो तो तो मंदिर में मोबाइल ले जाने अलाव नहीं है तो अभी अंदर नहीं जा सकते हम लोग बाहर से हैं दिखा रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास है कि यहाँ पे एक चोर ने ऊपर वाले जो सोने का बहुत बड़ा सा घंटी टाइप है उसको चोरी कर ले लिया गया था जो यहाँ देखो सारा पत्थर बन गया है देख सकते हैं वहां पर नज़र आ रहा होगा यही है इस मंदिर का इतिहास है और मंदिर का इतिहास था पहले इसका गेट पश्चिम था बट एक रात के अंदर में गेट पश्चिम से पूरा प्योर हो गया है इस मंदिर का इतिहास है और आने वाले छठ में यहाँ तो पे बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ लगता है अभी तो आज दशहरा की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है इसकी वजह से आज हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ want to sleepin cuz i got something to prove i got to take what i hate and finally make a move i think of you and oh you jan namaskar karo ya fir anulom vilom mujhe nahi pata bas likh ho jana se sat ho laau aise din kal chak chale la har saal karab parat ai chhati khati ya tamani par karab